हेलो डियर स्टूडेंट्स मैं तेजेंद्र यहाँ पर स्पेशल आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा यहाँ पर दी गई सूचना है इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे भाई बहन इसका इंतज़ार कर रहे थे इन्फॉर्मेशन का तो उसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर हायर एजुकेशन का रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन आपको ये देखिए बीस अगस्त कोई इन्फॉर्मेशन है मतलब आपके जो पहले जो पोस्टपोन हो गए थे हायर एजुकेशन के जितने भी एग्जाम तो उनका रिगार्डिंग है आपको को यहाँ पर जितने भी एग्जाम कराए थे एजेंसी तो उनके रिगार्डिंग जैसे कि आपको यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट यदि देखा जाए तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का जितने भी एग्जाम होने थे डी के जितने कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होने थे आपके जूनियर लेवल के चाहे ग्रेजुएशन लेवल के या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के या रिसर्च लेवल के तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम होना है वो सिक्स टू एलेवन सितंबर तक हो रहा है या आप अपनी डेट शीट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं या फिर हमारे वीडियो लेक्चर में दूसरे वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएँगे कि वहाँ पर कब किस सब्जेक्ट का किस टॉपिक का एग्ज़ाम होना है किस क्लास का एग्जाम होना तो वहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा यहां पर इंडियन काउंसिल ऑफ़ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक एग्ज़ाम होना है तो वो आपको सेवन टू एट सितंबर में होगा और इसका डिटेल आपको आई सी पर भी आप देख सकते हैं दूसरा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के जितने एग्जाम होने इग्नू के जितने एग्जाम होने हैं एम के तो वो आपको फिफ्टीन सेप्टेम्बर के बिटवीन हो गए और यू नेशनल एलिजिबलिटी टेस्ट आपको इसका काफ़ी लोगों को इसका इंतज़ार था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से या आप सोलह से 18 सितंबर और 21 से 25 सितंबर के बीच में एग्जाम होना है अपने सब्जेक्ट को आप अलग अलग देखिएगा चेक कर लिएगा और यह वीडियो लेक्चर में भी देख सकते हैं जो कि जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कब कब कैसे किस सब्जेक्ट का होने वाला है ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट होना है अट्ठारह सेप्टेम्बर में होना है इसका और इसके अलावा पी जो इंदिरा गांधी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है पी का वो चार अक्टूबर का होना है और इसके अलावा आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आई सी आर का कब होगा यहाँ पर जल्दी ही इसका अनाउंस कर दिया जाएगा आप अपना यहाँ पर जो जो भी एग्ज़ाम है उनके अकॉर्डिंग अपनी डिटेल आप चेक कर लीजिएगा आपने जो भी आ, कुछ भी है अपनी वेबसाइट पर जाकर मेन वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं एडमिट कार्ड इनको रोल नंबर सेंटर डेट शीट यहाँ पर जो भी एग्जाम है उसके पंद्रह दिन uh, पहले आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी यदि इसके रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप uh, uh, यहाँ पर हमारे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं लिख सकते हैं अपनी बात को क्वेरी को रख सकते हैं तो तब तक के लिए धन्यवाद uh, जब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो नहीं लेकर आते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू